महाभारत को जितना भी पढ़ो जितना भी देखो ऐसा लगता है जैसे उसकी कहानियाँ आज भी हमारी जिंदगी के इर्द गिर्द बुनी हुई हैं उन्हीं में से एक कहानी है पांचाल नरेश और गुरु द्रोणाचार्य की दोनों ही युवा अवस्था में गुरुकुल में मित्र हुआ करते थे आगे चलकर गुरु द्रोणाचार्य दरिद्रता झेल रहे थे जब उन्हें पता चला की पांचाल नरेश कोई और नहीं उनका मित्र ध्रुपद है तो उन्होंने अपनी पत्नी को कहा की अब मेरी दरिद्रता ज्यादा दिन नहीं रहेगी और वो पांचाल नरेश के पास पहुँच गए उन्होंने कहा मित्र मैं आज दरिद्रता का शिकार हूँ उनसे सिर्फ दो गाय चाहिए ताकि मैं अपने पुत्र का पालन पोषण कर सकूं। तब महाराज ध्रुपद ने गुरु दोचार्य की भरी सभा में बहुत बेइज्जती की इसलिए उन्होंने आगे चलकर पांडवों और कौरवों को प्रशिक्षित किया और अपनी सेना तैयार की हर गुरु दक्षिणा में उनसे सिर्फ महाराज ध्रुपद का शीश मांगा और जब इन युवराजों ने उन पर चढ़ाई की तो उन्हें हार का मुँह देखना पड़ा इस पूरी कहानी का सार बस इतना है जो आपके साथ जैसा करे आप उसके साथ वैसा ही कीजिए यही दुनिया की रीत है